क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा हो अगर आपका विजिटिंग कार्ड एक मल्टीटूल जैसा हो और क्या आपने कभी उड़ते हुए बाइक को देखा है तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग गैजेट्स मौजूद हैं आज के सीरीज में तो तैयार हो जाइए क्योंकि आप अगले 10 मिनट हमारे इस वीडियो से कहीं और नहीं जा पाएंगे आखिर हमारे पास है ही इतने शानदार गैजेट्स जिनके बारे में आपने कहीं ना सुना होगा और ना ही देखा होगा तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डालते है नजर उन गैजेट वॉलेट नींचा अगर आप हमेशा से अपने पर्स या पॉकेट में एक साधारण सा विजिटिंग कार्ड रखते आए हैं तो ये वॉलेट निंजा आपको देगा एक बढ़िया सी सर्विस जी हाँ सर्विस एक विजिटिंग कार्ड से। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे हो सकता है तो आइए जानते हैं आखिर निंजा वॉलेट में ऐसा क्या खास है दरअसल वॉलेट निजा एक कस्टमाइजेबल मल्टी टूल है जिसे आप एक एडवांस विजिटिंग कार्ड भी कह सकते हैं अक्सर कागज से बनाए हुए विजिटिंग कार्ड तो हम सभी ने देख रखे है पर यह एक ऐसा कार्ड है जो कभी स्क्रू ड्राइवर का, का काम कर देता है तो कभी कैन ओपनर फोन स्टैंड या कभी कभी बॉटल ओपनर तो कभी कार्डबोर्ड कटर और भी काफी सारे काम एक छोटा सा कार्ड कर सकता है इस टूल में आपको मिलते हैं अठारह ऐसे ही फीचर्स आसानी से जो आपके वॉलेट में आ जाने वाला है वाले लाइट वेटेड है और इतना ही नहीं है कार्ड फ्लाइट में ट्रैवल करने वालों के लिए टी अप्रूव्ड भी होता है तो गाई अब आ जाते हैं इसके प्राइस टैग पर तो यह मल्टी टूल एमेजोन पर वन के आस मौजूद है जिसे आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से परचेज कर सकते हो मिसा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में टेक्नोलॉजी ने हर काम को करने के लिए इंसानों को मशीन्स पर डिपेंडेंट कर दिया है कुछ ऐसे ही रोबोट्स की लिस्ट में शामिल है मीसा का नाम यह एक ऐसा रोबोट है जो आपके घर में आपको एंटरटेन भी करेगा और आपका जिम्मेदार कंपेन भी बनकर आपके हर छोटे बड़े काम को ऑर्गेनाइज करने में आपकी काफी मदद करेगा जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने मीसा एक अच्छे लर्निंग पार्टनर ऐसी लेकर पर्सनल असिस्टेंट तक सारे रोल्स में फिट बैठने वाला रोबोट है इतना ही नहीं मीसा एक प्रोटेक्टिव गार्ड की तरह आपके घर को सेफ रखने में भी आपकी काफी मदद करता है यानी मीसा मॉनिटरिंग करने में भी आगे है फोटोज वीडियोस, अलार्म क्लॉक और वेदर अपडेट्स देने के अलावा क्यूट वॉइस में आपके घर में मौजूद बच्चों के साथ ही मीसा रोबोट खेल भी लेता है कुछ इस तरह से एच एच खूबसूरत आकर्षक एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर गैजेट एक डी फॉर्म्ड टॉय मोटरसाइकिल है जिसमे एच डी ऑडियो फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग सब किया जा सकता है दिखने में किसी मोटरसाइकिल टॉय लगने वाला एक प्रोडक्ट एक एयरक्राफ्ट की तरह उड़कर एक ड्रोन का रूप भी ले लेता है कुछ इस तरह से अपने खुद के विजन सिस्टम के हिसाब से उड़ता है और वन की रिटर्न फीचर होने के कारण वापस कंट्रोल सिग्नल कैच भी इजीली कर लेता है छोटे से रिमोट के साथ आने वाला टॉय मोटरसाइकिल टेकऑफ और लैंडिंग के साथ साथ इमरजेंसी स्टॉप भी कर सकते हैं और आपको इसमें तीन लेवल स्पीड देखने को मिलते हैं जो की लो मीडियम और हाई और इतना ही नहीं इस मोटरसाइकिल से एयरक्राफ्ट में चेंज होना और वाइस वर्ष से बाकी गैजेट से अलग बना देते हैं तो ऐसा ड्रोन अगर आप तलाश रहे थे तो यहीं रुक जाइए क्योंकि अब आ चुका है एच एच डी एच अब कार्टलिफ्ट दोस्तों अगर आप अक्सर घूमने फिरने जाते हैं और आपको सामान ढोने में रोना आता है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए राहत लेकर आया है क्योंकि हैंड ट्रक एक ऐसा ट्रक है जिसमें आप भारी से भारी सामान लोड कर यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हैं इसकी मदद से आपको अपने सामान को उठाने में लगने वाली एफर्ट फिफ्टी तक कम लगानी पड़ती है जो की एक अच्छी बात होती हैिफ्टिंग हो या ऊंची नीचे जमीन ये गैजेट बिना रुके आसानी ऐसी भार को कम कर देता है इसके हैंडल को आप चार डिफरेंट पोजिशन में होल्ड कर सकते हैं इसी स्टोरेज के लिए इसे आप आसानी से फोल्ड करके भी रख सकते हैं तो अब सामान उठाना हुआ आसान क्योंकि हमारे पास आ गया है हैंड ट्रक वो भी सिर्फ 1700 सो में जी हां आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हैं 1700 सौ में अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो उसकी परचेस लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पबस्कैन गाइस हमारा ये प्रोडक्ट स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स के लिए बेहद खास हो सकता है क्योंकि पब स्कैन एक ऐसा पॉकेट स्कैनर है जिसे आप अपने साथ हर वक्त रख सकते हैं जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्शन के साथ स्कैनर मोबाइल टाइनी लाइट वेटेड और वायरलेस भी है 12 से एक पेज स्कैनिंग तक की बैटरी लाइफ और कैपेसिटी वाला गैजेट बहुत ही इजी टू यूज गैजेट है सिंपल मैनुअल सेटिंग के साथ वन बटन फीचर भी इसमें शामिल है इसका ऑटोमेटिक क्रॉप रोटेट फ्रंट और अपलोड फीचर इसे एक यूनिक स्मार्ट स्कैनर बना देते हैं तो अब आप कहीं भी किसी भी वक्त पे न ही अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं टू यूज़ गैजेट कुछ स्टेप्स में काम करता है जो की है pick, press, जहां आपको आगे लेज़र लाइट के अंदर प्लेस करने होंगे और प्रेस बटन को दबाना होगा पप दूमेंट स्कैन हो जाएगा है ना दोस्तों बेहद आसान गैजेट इसके अलावा आप इसे पिंट्रेस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम की इमेज को स्कैन करने में भी यूज कर सकते हैं प्रिंट पॉकेट अब आ जाते हैं थंबनेल वाले गैजेट पर दोस्तों एक ऐसा कूल सा प्रोडक्ट है जो आपके मोबाइल फोन को एक पोर्टेबल इंस्टेंट फोटो प्रिंटर में कन्वर्ट कर देता है जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने वैसे तो फोटोज को प्रिंट करवाने के लिए जाना होता है स्टूडियो बट अगर आप इस प्रिंट पॉकेट का यूज करेंगे तो आपको फोटोज को प्रिंट करवाने के लिए स्टूडियो बिल्कुल भी नहीं जाना होगा और गाइस इतना ही नहीं इस डिवाइस में एक ऐसा फीचर भी मौजूद है जो आपको हैरान कर देगा जो की है फोटो में से वीडियो शो होना मतलब गाइज आपको इस डिवाइस में दो फॉर्म में फोटोज के ऑप्शन मिलते हैं एक है सिर्फ फोटोज को प्रिंट करना और दूसरा है वीडियो फॉर्म में फोटो को प्रिंट करना कुछ इस तरह ऐसी तो अगर आपको पॉकेट प्रिंटर पसंद आ चुका है तो आप इसे अमेजन ऐसी डिस्क्रिप्शन की लिंक ऐसी परचेज कर सकते हो लेकिन गाइस उसकी प्राइस आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी कैनरी फ्लैक्स दोस्तों अक्सर हमें अपने घर ऑफिस या अपने लोगों की सेफ्टी का टेंशन बना रहता है तो इसी टेंशन को खत्म करने के लिए आ गया है कैनरी फ्लैक्स जो कि पहला ऐसा इंडोर और आउटडोर वेदर प्रूफ एच सिक्योरिटी कैमरा है जो की वायरलेस और प्लगिंग दोनों तरीके से इस्तेमाल में लिया जा सकता है इतना ही नहीं दिन हो या रात बारिश हो या धूप ये सभी जगह हर वक्त अपना काम चालू रखता है जिससे आप कहीं भी रहकर अपने ऑफिस अपने घर या अपने बच्चों पर नजर रख सकते हैं किसी भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड को रखने की अब झंझट हुई खत्म क्योंकि अब आ चुका है कैनरी फ्लैक्स नूबिया वॉच ये एक ऐसी वॉच है जो की कस्टमाइजेबल होने के साथ ही साथ पावरफुल फंक्शनल और स्टाइलिश भी है इसका एकोनोमिक डिजाइन इसे बेहद अट्रेक्टिव लुक देता है जिससे आप इसे कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं इसकी मदद से आप एक्सटेंडेड विजुअल एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इतना ही नहीं इसकी बैटरी होती है सेवन डेज की जो कि काफी ज्यादा होती है इसे हाथ में पहन कर, अपने मोबाइल से कनेक्ट करके अपने फेस को भी देख सकते हैं जिस भी एंगल पर आपकी वॉच होगी उस एंगल में आप स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर दिखाई देंगे स्टेप्स डिस्टेंस कैलरी इंटेक और अलार्मिंग के साथ ही साथ और भी बहुत सारे फीचर आपको इस वॉच में मिलते हैं जैसे कि फोर वर्साटाइल स्पोर्ट्स मोड्स जिनको आप एक ग्लैंस में भी चेक कर सकते हैं कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर, गाइस एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जिसे आप इजीली अपने घर पर ही असेंबल कर सकते हैं इसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ इसको किसी भी नॉर्मल वैक्यूम से बेहद ही अलग बना देती है एट सेल बैटरी वाला एक गैजेट सुपर स्ट्रॉन्ग से का काम करता है यानी की अब आप आपके घर की सफाई होगी आसान और मिनटों में इसके सेक्शन प्वाइंट को आप तीन लेवल्स में सेट कर सकते हैं एज पर यूर रिक्वायरमेंट नॉर्मल सरफेस के अलावा किसी भी भी प्रकार के पर भी काम करता है कुछ इस तरह से फ्रंट एलईडी लाइट के साथ बनाया गया गैजेट आपके घर के डार्क, को भी आसानी से साफ कर देता है इसके एफिशिएंट हेपा फिल्ट्रेशन सिस्टम से 99.9 परसेंट डस्ट पार्टिकल्स इसमें भर जाते हैं और जमीन को साफ कर देते हैं अब बारी है आज के लास्ट गैजेट की जिसका नाम है ईडीसी पेन जी हाँ दोस्तों ईडी पेन एक ऐसी पेन है जो कि वर्ल्ड की, की स्मॉलेस्ट ग्रेड फाइव टाइटेनियम पेन है जिसकी लेंथ होती है सिर्फ और सिर्फ छह सेंटीमीटर की इसकी सिरामिक टिप इसे टफ टेक्चर देती है जिसकी मदद से आप ईट पत्थर लकड़ी कुछ भी काट सकते हैं कुछ इस तरह से तो देखा दोस्तों आपने ये कितनी टफ पेन है और दोस्तों इतना ही नहीं स्मॉल साइज होने के कारण आप इसे चेन पेंडेंट जैसे या की चेन के जैसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं दिखने में किसी स्क्रू की तरह दिखाई देने वाली यह पेन एक नॉर्मल पेन से तो अलग ही है बट एक सेफ्टी गैजेट में भी शामिल हो जाती है तो कई आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय